हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे अभी कोविड का समय चल रहा है और हमने उसका ख्याल रखते हुए बहुत ही छोटे से ट्रिप का प्लान बनाया है और इस खूबसूरत सी जगह का नाम है छोटा बाकी तो आइए आपको मैं ले चलता हूँ छोटा बाकी इस जगह पर पहुँचने के लिए आपको अपनी प्राइवेट व्हीकिल इस्तेमाल करनी पड़ेंगे या फिर आप किसी व्हीकिल को हायर कर सकते हैं वैसे तो जमशेदपुर से इसकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है और रांची से इसकी दूरी लगभग 145 किलोमीटर है सो लेट स्टार्ट फॉर छोटा पाकी और ये है मेरे दोस्त जिनके साथ मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूँ हमने अपनी जर्नी की शुरुआत साक्षी से शुरू की और हम नेशनल हाईवे 33 की तरफ जा रहे हैं के लिए आपको होते हुए चौक पर पहुंचना पड़ेगा। तो लीजिए दोस्तों हम डिम्ना चौक पहुंच चुके हैं यहाँ पर आकर आपको दो रास्ते मिलेंगे एक रांची की तरफ और एक कोलकाता की तरफ हमें कोलकाता की तरफ जाना है और ये हैं मेरे दोस्त जिन्होंने जिंदगी की भाग दौड़ से कुछ फुर्सत के पल निकाले हैं दोस्तों हमने अपनी जर्नी की शुरुआत जब की थी तब तो शहर में बहुत जोरों की बारिश हुई थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि छोटा वाकई में बारिश का कोई भी नामों नहीं होगा दोस्तों आप जब दिमना चौक से छोटा बाकी की तरफ जाएंगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हरी हरी वादिया अनायास ही आपका मन मोह लेगी और आपका मन खुशियों से भर जाएगा हाईवे पर 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक स्वर्णिक परियोजना का बोर्ड मिलेगा आप इस गांव के रास्ते होते हुए करीब तीन किलोमीटर का सफर तय करेंगे मैं पहुंच चुका हूं छोटा बाकी आइए मैं और मेरे दोस्तों के साथ आप भी इस खूबसूरत सी जगह का लुफ्त उठाइए इस खूबसूरत सी जगह का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री सी कमलेश सिंह द्वारा सन 2006 में किया गया की रिजर्वायर तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है यहाँ पर लोग विंटर सीजन में पिकनिक का आनंद उठाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं एक जरूरी बात दोस्तों आप जब भी यहाँ आए अपने साथ कुछ खाने पीने की चीजें जरूर लेकर आए I'm not sure. लगभग दो घंटे उस जगह का लुफ्ट उठाने के बाद हमने वापस जमशेदपुर लौटने का फैसला किया इस तरह हमने आज नेचर का लुफ़ उठाया और एक कप तक के साथ हमारी जर्नी समाप्त हुई अगली बार हम आपको फिर एक नए जगह ले चलेंगे और इसके बारे में तब तक के लिए